मोहब्बत कितनी भी सच्ची हो एक न एक साथ छोड़ ही जाती है अक्सर सोशल मीडिया पर हंसते खेलते नजर आने वाले चेहरे के पीछे काफी गम छिपा होता है जिन्हें वे चाहकर भी बयान नहीं कर पाते एक आम इंसान हो या फिर सेलिब्रिटी अधिकांश लोगों को लाइफ में कभी ना कभी धोखा तो जरूर मिलता है आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे मीडिया स्टार के बारे में बताएंगे जिन्हें प्यार में धोखा मिला और अब एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म आरोप इनके फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में है लेकिन पूरी दुनिया अपना दीवाना बनाने वाले इन लोगों को भी सच्चा प्यार नसीब नहीं हो पाया आखिर यूं ही थोड़ी इश्क को कमबख्त कहा जाता है तो चलिए अब देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं तुषार सिलावट एंड पूर्वी भार्गव तुषार सिलावत और पूर्वी भार्गव के फैंस को इन दोनों की वीडियोस काफी पसंद आती थी इनकी वीडियोस को लोग जमकर लाइक और शेयर किया करते थे दोनों रिलेशनशिप में थे ये बात इन्होंने स्वीकार भी की लेकिन एक दिन पूर्वी ने तुषार के अलावा किसी अन्य लड़के के साथ सोशल मीडिया आरोप वीडियोज अपलोड कर दी तुषार को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने पूर्वी ऐसी सवाल जवाब करने शुरू कर दिए पूर्वी ने कहा की यदि वो किसी लड़के के साथ वीडियो बनाती है तो वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता लेकिन इसके साथ तुषार ने अंश नाम के एक लड़की के साथ वीडियो अपलोड की तुषार ने ये बात पूर्वी को चलाने के लिए की इसके बाद पूर्वी और तुषार के बीच काफी वाद-विवाद हुआ और दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने बैठकर मुद्दे पर बात की और फिर रिलेशन में आ गए लेकिन ये रिलेशनशिप भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और फाइनली इन दोनों ने हमेशा के लिए एक दूसरे ऐसी अलग होने का निर्णय लिया उसके बाद ये दोनों फिर कभी एक साथ वीडियो में नजर नहीं आए एक्स्ट इज मुस्कान शर्मा एंड शादाब खान मुस्कान शर्मा और शादाब खान का रिलेशनशिप 9 साल तक चला अगर आप कभी रिलेशन में हो तो समझ सकते होगी 9 साल का वक्त कितना लंबा होता है लेकिन एक दिन अचानक शादाब खान ने मुस्कान खान से दूरी बनाने शुरू कर दी कभी शादाब अपनी बीमारी का बहाना बना दे तो कभी कुछ और मुस्कान शादाब को अच्छे ऐसी समझती थी और कहा की आप पहले ठीक हो जाइए हम उसके बाद बात कर लेंगे लेकिन इसी बीच मुस्कान को शादाब के घर वालों ऐसी पता चला की शादाब शालिनी नाम की लड़की ऐसी बात कर रहे हैं इस बात मुस्कान पूरी तरह टूट गई। वो डिप्रेशन में रहने लगी मुस्कान की तबियत इतनी कि उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा वहीं दूसरी ओर शादाब को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अपनी नई गर्लफ्रेंड से शादी कर ली इसके बाद खबर आई कि मुस्कान ने रेहान को डेट करना शुरू कर दिया है लेकिन असल में मुस्कान सिंगल है और रेहान उनके अच्छे दोस्त रियाज अली रियाज अली आज सोशल मीडिया के एक जाने माने चेहरे हैं। फिलहाल तो रियाज सिंगल हैं, लेकिन वे भी प्यार में धोखा खा चुके असल में ये बात रियाज के स्कूल टाइम की है रियाज ने बताया कि उन्हें एक लड़की बहुत पसंद थी दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हुई दोनों बाहर साथ में घूमने जाते थे साथ में खाते पीते फिल्म देखते थे लेकिन एक दिन जब रियाज ने अपने प्यार का इजहार किया तो लड़की ने साफ इनकार कर दिया रियाज ने बताया की वो फनी तो थे लेकिन असल में काफी मोटे हुआ करते थे जिस कारण लड़की ने उनका प्रपोजल कर दिया रियाज को संभलने में थोड़ा वक्त लगा लेकिन अब वो सिंगल ही रहना पसंद करते हैं हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वो अनुष्का सेन को डेट कर रहे हैं लेकिन ये खबर केवल एक अफवाह है दानिश जहन एंड अरशफा खान दानिश जहन भले ही आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके फैंस और दोस्त आज भी उन्हें याद करते हैं दानिश ने कभी खुलकर अपनी लव लाइफ के बारे में बात नहीं की उनकी मौत के बारे में अरिश्फा खान ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने दानिश के प्रति अपनी फीलिंग्स का इजहार किया इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स ने अरिश्वा को ट्रोल किया और कहा की वो केवल फेमस होने के लिए ऐसा बोल रही है बाद में अरिश्वा ने बताया की वो वीडियो उन्होंने भावनाओं में बहकर बना दी थी असल में दानिश आफिया नाम की एक लड़की ऐसी सच्चा प्यार करते थे दानिश सभी को इस रिश्ते के बारे में बताना चाहते थे लेकिन आफिया ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि आफिया के पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट थे और यही वजह है कि दानिश की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में आज तक पूरा सच किसी को नहीं पता मोहन नारंग एंड सुरभि राठौर मोहक और सुरभि की वीडियोस भी काफी लोगों को पसंद आती है लेकिन पिछले काफी समय से इन दोनों ने साथ में वीडियोस बनाना बंद कर दिया जिसके बाद ये कयास लगाए गए कि मोहक और सुरभि का ब्रेकअप हो गया है मोहक और सुरभि आखिरी बार एक एल्बम सॉन्ग में नजर आए और बताया जाता है की इस एल्बम की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और तभी दोनों ने अपनी राह अलग कर ली वही कुछ यूजर्स का ये भी कहना है की मोहक और सुरभि अपने फैंस के साथ केवल एक मजाक कर रहे हैं और जल्द ही दोनों फिर से साथ में वीडियो में नजर आएंगे सलोनी मित्तल एंड आयुष यादव सलोनी मित्तल और आयुष यादव दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं। अक्सर ये दोनों साथ में कपल वीडियोस बनाते नजर आते थे इनकी केमिस्ट्री यूजर्स को बहुत पसंद भी आती थी लेकिन एक दिन अचानक सलोनी और आयुष ने ब्रेकअप कर लिया इन दोनों के बीच ब्रेकअप क्यों हुआ इस बारे में इन्होंने कभी बात नहीं की सलोनी और आयुष के बीच ब्रेकअप की खबरों ऐसी फैंस भी बहुत मायूस हो गए थे फैंस का दिल रखने के लिए सलोनी और आयुष ने फिर एक बार साथ में वीडियोज बनाना शुरू किया अब ये दोनों एक साथ वीडियो में नजर तो आते है लेकिन ज्यादा इनकी वीडियोस दोस्ती के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होती हैं। यानी सलोनी और आयुष अब रिलेशनशिप में नहीं हैं, सिर्फ एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। दानिश अल्फाज एंड सना खान दानिश अल्फाज और सना खान के कपल वीडियोस भी यूजर्स बेहद पसंद किया करते थे ऑन स्क्रीन दोनों के बीच रोमांस देख फैंस को काफी अच्छा लगता था और ये दुआ करते थे की ये जोड़ी कभी अलग न हो लेकिन खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था दानिश और सना ने पिछले साल एक दूसरे ऐसी अलग होने का फैसला किया असल में दानिश उम्र में सना ऐसी नौ साल बड़े कम उम्र होने के कारण सनान में बचपना काफी अधिक था और ये बात दानिश को ज्यादा पसंद नहीं आती थी सना और दानिश आपसी सहमती से अलग हुए थे अक्सर यूज़र्स और इनके फैंस इनके फैंस ब्रेकअप की वजह जानने की कोशिश करते हैं लेकिन आज तक इन्होंने अपनी ब्रेकअप की वजह का खुलासा नहीं किया बात को टालने के लिए ये कहती है की पुरानी बातों को ये फिर ऐसी याद नहीं करना चाहते नेक्स्ट इज रोहित एंड नीता शिलीमकर रोहित और नीता की वीडियोज देख हर किसी को यह भ्रम हो जाता था की ये दोनों रिलेशन शिप में है और कई बार तो यूजर्स दोनों के बीच ब्रेकअप का कारण या लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई इस तरह के सवाल भी पूछने लगते थे जब फैंस ने कहा कि नीता ने रोहित को धोखा दिया है उसके बाद इन दोनों ने कैमरे के सामने आकर सच्चाई बताई और कहा कि ये दोनों कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं हमेशा से ही वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं हालांकि रोहित के साथ वीडियोज बनाने ऐसी पहले नीता एक यूट्यूबर एजे के साथ रिलेशनशिप में थी एजे के साथ ब्रेकअप के बाद रोहित ने नीता को काफी सपोर्ट किया कुछ समय पहले खबर आई थी की नीता गुरदीप सिंह राय नाम के एक शख्स के साथ रिलेशनशिप में है तो कभी चीना नाम के लड़के के साथ उनकी शादी की अफवाहें उड़ने लगती है लेकिन नीता अब इन सब चीजों से आगे बढ़ गई है उनका कहना है कि एक स्टार के लाइफ में इस तरह की कंट्रोवर्सीज का आना आम बात है तो ये थे सोशल मीडिया के कुछ ऐसे कपल्स जिन्हें सच्चे प्यार के बदले धोखा मिला इसीलिए कहा जाता है दोस्ती का रिश्ता प्यार ऐसी भी बड़ा होता है प्यार के रिश्ते में एक बार दरार आ जाए तो उसे भरा नहीं जा सकता लेकिन दोस्ती का रिश्ता सबसे अनमोल होता है आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में धन्यवाद